बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना ने इंटर प्रैक्टिकल एग्जाम 2023 के लिए प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड जारी कर दिया है जिसे हम प्रायोगिक परीक्षा प्रवेश पत्र के नाम से भी जानते हैं आप ये देख सकते हैं कि ये प्रैक्टिकल एग्जाम 2023 का प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड है ये एडमिट कार्ड एक्स स्टूडेंट का है बहुत सारे बच्चों का ये क्यूरीज था कि सर एक्स स्टूडेंट का प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे या नहीं होंगे तो मैं ये क्लियर कर दूं कि उनका 100 परसेंट प्रैक्टिकल एग्जाम होगा क्योंकि बिहार बोर्ड ने इस बार एक्स कैंडिडेट का भी प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड जारी किया है और जब प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड जारी किया है तो उनका प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड हंड्रेड होगा दूसरा वैसे स्टूडेंट जो रेगुलर हैं उनका तो 100 परसेंट प्रैक्टिकल एग्जाम होता है ये तो सबको अंडरस्टूड है कि उनका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा ही तीसरी बात की जो इम्प्रूवमेंट में जो बच्चे इम्प्रूवमेंट में जो बच्चे फॉर्म भरे हैं उनका भी प्रैक्टिकल एग्जाम होगा या जो क्वालिफाइंग बच्चे हैं उनका भी प्रैक्टिकल एग्जाम होगा यानी मेन कहने का मकसद ये है कि जो बच्चे जो अप्लाई किए हैं फॉर्म चाहे वो रेगुलर हो एक्स रेगुलर हो या किसी भी में फॉर्म भरे हैं उनका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा सिवाय वैसे बच्चों का प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता जो कंपार्टमेंटल एग्जाम देते हैं दूसरी बात यह है कि ये प्रैक्टिकल एग्जाम जो होगा आप ये देख सकते हैं कि इस पे जो डेट दिया हुआ है वो 10 जनवरी 2023 से लेके 20 जनवरी 2023 तक होंगे लेकिन ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपका फिजिक्स है केमेस्ट्री है किसी का बायोलॉजी होगा तो आपका एग्जाम किस दिन होगा तो इसके लिए आप अपने विद्यालय से संपर्क करेंगे विद्यालय वाले अपना एक शेड्यूल बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो अपना प्रैक्टिकल एग्जाम लेते हैं ये वीडियो मेन बनाने का मकसद ये था कि वैसे बच्चों का कन्फ्यूजन दूर हो जाए जो एक्स रेगुलर हैं जो ये समझ रहे हैं कि मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा वो ये सुनिश्चित कर ले वो अपने विद्यालय से संपर्क करे और अपने प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड ले और वो अपना प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड लेकर 20 जनवरी 10 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक अपना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दें नहीं तो एग्जाम देने का उनका को भी कोई फ़ायदा नहीं है एक्स कैंडिडेट वो कैंडिडेट होते हैं जो पिछले बार फेल हो गए होंगे या किसी कारणवश वह वा एग्जाम नहीं दिए वो सारे एक्स रेगुलर में ही आएंगे जो फॉर्म भी नहीं भरे भरे थे या जो फेल हो गए थे वो सारे बच्चे जाके अपना प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड लेंगे और अपना मेन प्रैक्टिकल का जो सेंटर होता है वो मूल विद्यालय ही होता है लेकिन कभी कभी ऐसा है कि छोटे विद्यालय में बहुत कम बच्चे होते हैं उत्कर्मित विद्यालय में तो उनके निकटतम विद्यालय में उनका प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर भी दे देता है लेकिन मूलतः ले उनका मूल विद्यालय ही प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर होते हैं तो ये एडमिट कार्ड जारी हो गया है ये आप अपने विद्यालय से संपर्क करेंगे और ये नौ जनवरी तक आपको ले सकते हैं दस से तो प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो जाएंगे तो आप अपना एडमिट कार्ड ले लें एक्स कैंडिडेट खासकर अपने विद्यालय में जाए और अपना प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड ले और अपना फाइल उइल तैयार रखें और वो अपने जाके प्रैक्टिकल एग्जाम देंगे दूसरी बात ये है कि आर्ट्स वाले बच्चे का बहुत सारे का एडमिट कार्ड नहीं जारी किया जाता है तो वैसे बच्चे जिनका प्रैक्टिकल पेपर ही नहीं रखे हैं वो जैसे अगर किसी बच्चे ने हिस्ट्री रख लिया हो हिस्ट्री रख लिया हो सोशोलॉजी रख लिया हो या ऐसे भी और एक्नॉमिक्स ऐसे भी बहुत सारे पेपर होते हैं जो उन्होंने प्रैक्टिकल पेपर नहीं रखा हो तो उनका प्रैक्टिकल एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी नहीं किए जाते किया गया होगा और वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी नहीं देंगे क्योंकि उनका प्रैक्टिकली पेपर ही नहीं है तो उनका एग्ज़ाम नहीं होता और उनका प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड भी जारी नहीं किया जाता है लेकिन साइंस के जो भी बच्चे हैं उन सारे बच्चों का प्रैक्टिकल पेपर होता है और उनका प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड आ गया होगा वो तो अपने विद्यालय से लेंगे खासकर मैं जोर दे रहा हूँ एक बार फिर कह रहा हूँ कि एक्स कैंडिडेट ये अपने विद्यालय से प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड जरूर प्राप्त करेंगे और वो अपना एग्ज़ाम देंगे अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें ऐसे इन्फॉर्मेशन देखने के लिए हमारे वीडियो को चैन चैनल को स्टडी विथ रजा सर को सब्सक्राइब करें धन्यवाद